मध्य प्रदेश के गृहमंत्री डॉक्टर नौता मिश्रा ने कहा कि गुजरात की प्रचंड जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समर्पित है गुजरात जैसी जीत बीजेपी मध्य प्रदेश में भी जीतेगी उन्होंने कहा मोदी मतलब विकास स्वाभिमान और एक वैश्विक नेतृत्व तो है इस दौरान मिश्रा ने बताया कि विवादास्पद लेखिका डॉक्टर फरहत खान को पुणे से गिरफ्तार कर लिया गया है गुजरात में बीजेपी की प्रचंड जीत को लेकर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा यह प्रचंड जीत पीएम मोदी को समर्पित है उन्होंने कहा पीएम मोदी मतलब तीन का हटना 35 ए का हटना अयोध्या में श्री राम मंदिर का शिलान्यास होना काशी कॉरिडोर का बनना महाकाल कॉरिडोर का बनना मोदी मतलब विकास स्वाभिमान और एक वैश्विक नेतृत्व है उन्होंने कहा पीएम मोदी मंदिर एम्स आई आई टी भी बनाते हैं वे अनेकता में एकता रखे हुए हैं मिश्रा ने कहा मध्य प्रदेश में भी गुजरात जैसे ही जीत दर्ज की जाएगी भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत गुजरात में तीन चौथाई सीटों पर बढ़त बनाए हुए हिमाचल में कांटे की टक्कर और वहाँ भी सरकार बनाएंगे माननीय मोदी जी का नेतृत्व माननीय मोदी जी का मतलब विकास माननीय मोदी जी का मतलब देश का स्वाभिमान माननीय मोदी जी का मतलब गुजरात का स्वाभिमान माननीय मोदी जी का मतलब एक वैश्विक नेतृत्व माननीय मोदी जी का मतलब 370 का हटना माननीय मोदी जी का मतलब पैंतीस का हटना माननीय मोदी जी का मतलब अयोध्या में भगवान श्री राम का शिलान्यास होना माननीय मोदी जी का मतलब काशी कॉरिडोर का बनना माननीय मोदी जी का मतलब महाकाल लोक का बनना माननीय मोदी जी का मतलब भगवान राम के मंदिर का निर्माण होना मोदी जी का राम मंदिर बनवाते हैं तो आई आई और एम्स का निर्माण भी करते हैं पूरी उर्जित है माननीय मोदी जी के नेतृत्व तो में और गुजरात के परिणाम को ही मध्य प्रदेश दोहराएगा गुजरात जैसी जीत मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की होगी इंदौर लॉ कॉलेज की विवादित लेखा फरहत खान को पुणे से गिरफ्तार कर लिया गया है मिश्रा ने बताया कि फरहत खान अस्पताल में डायलिसिस की लिए गई थी उन्हें कागज भी दे दिया गया है दूसरी किताब की प्रति की जाँच शुरू कर दी गई है अगर सही पाई गई तो उसे भी इसमें जोड़ दिया जाएगा लेखिका जो फरहत खान है उनको पुणे में गिरफ्तार किया गया है अस्पताल में डायलिसिस करा रही थी वहाँ उनको कागज भी सौंप दिया है वो और जो दूसरी किताब की एक एक उनकी आई थी उसकी भी जांच शुरू कर दिए अगर वो पाई जाती है उसके विवादास्पद कंटेंट मिलते हैं तो इसके साथ जोड़ दिया जाएगा वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है हर आम और खास से जुड़े मसले हर मसले का